रिवा लोकायुक्त ने पटवारी को 500 सौ की रिश्वत लेते पकड़ा है ये घूसखोर पटवारी जमीन का नामांतरण करने के लिए रिश्वत ले रहा था यशोनंद पटेल ने लोकायुक्त पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पैतृक जमीन के नामांतरण के अवज में पटवारी संजय हुए रिश्वत मांग रहा है पहले उसने दो हजार मांगे लेकिन बाद में पांच सौ में तैयार हो गया लोकायुक्त ने पटवारी को नई तहसील के सामने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा तो पटवारी ने दौड़ लगा दी लेकिन टीम ने उसे पकड़ लिया ये वर्षाने के लिए दिए थे आज चार पांच महीने हुआ थे लेकिन कुआ नहीं बोल रहे थे कि हो गया है लेकिन जब देखते हैं तो पिता की मिलते कहे की नाम नहीं मिलता है पटवारी साहब संजय दुबे बोलिए कि जो हमारा काम नहीं हो रहा सर, तो हम बोले की क्या करूँ तो फिर तो बाद में देखिए पाँच सौ रह गया तो देखा जाए पटेल इनके द्वारा जो है नई नई तहसील में भूमि का नामांकन के लिए उसके संबंध में जो है पटवारी वहाँ का संजय दोगे जो आरोपी है उसके द्वारा एक हजार मांग की गई थी पाँच सौ रूपये पहले पे ले जाए 500 रुपए आज देने की बात दे के द्वारा मेरे ऑफिस में एक शिकायत की गई थी तो उसका मैं सत्यापन कराया तो सही नहीं और आज जो है आरोपी संजय दुबे जो पटवारी है उसको पाँच सौ रुपये की किस्वत लेते हुए संगीत की सोलहियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक